मारना ही है तो वैसे मार दो तो मारने के लिए तैयार है इतनी इतनी जब गिराओगे क्या अब अपनी मान सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं और वो फिर धक्के मार रहा पे लड़ क्यों? कैसे वो है धर्मेंद्र जो भी है इसी दिन देखने के लिए मेडल लेके आ रहा तो मैं मैं चाहूंगी कि देश का कोई खिलाड़ी मेडल ना लेके आए कभी इतनी दुर्दस्ती करेगी हमारे यहाँ पे वो क्या थी तो महिला कॉन्स्टेबल कहाँ थी जब वो आदमी हमें धक्के मार रहा था कि जब वो धक्के रहा था मैं तब महिला कांस्टेबल कहाँ थी तब उसने क्यों महिला कांस्टेबल आके नहीं की वो खुद को धक्के रहा था उसको किसी ने परमिशन दे रखी लड़कियों को कैसे धक्के मारने की कोई महिला पुलिस वाले नहीं था कोई महिला कोई नहीं था उस टाइम में वो खुद अकेले धक्का मारा था सर